का हो, कुदारी लो, ना अरे टाइम टाइम के बड़ा डांड में दरद बा <laughs> भाई तुरा के देख के हमारा मोह लगत एगो उपाय बताई उपाय ना बताई है नोसर कुछ बताओ में क्वार्टर बे हाफ हाफ बाद पुदीना, पुदीना, चुमा चुमा दे के छोड़े देले रहूं ही देना। जानू लेही के पुदीना नीचे उतारो लेके थोड़ी ले अच्छा चाले बिग मत लगा वाह नीचे उतारो लेके थोड़ी ले कि आवाज़ तनी बेचे कर रही है हारा हारा औरी बार हारा इलान हो हिरो दिन भैल तोड़ा थोड़ी ले कि आवाज़ तनी बेचे कर रही है यावा oh no. दौर दौर में के के की की भाई भाई अब अब किसे किसे चाहली। चाहली। ए दौर की भाई अब की ही किसे चाहली। ए डायरेक्ट नीचे उतर हमर नीचे उतर लेके आइल कर जोनी माना, सॉंगे अल्ले बहुत जोया कॉलो दिराना। नाम नंदोरा, हम नियों कठुवाई बका। ओपु अभी मनुवात के कोराना माना, सॉंगे अल्ले बहुत जोया कॉलो दिवाना। इठुवाई भी कोना। आवा मिलो ना मुझे नुवासे लोइला, नीचे उतारा लेके थोइला। अरे आवा तारी उहे ही कारी, अरे हाँ, हटा हटा हटा तू। ले आवत होयला, ले जाकर रहिला, ये हमार लोहेला, ले जाकर रहिला। धेरै दिन भौंय तोड़ा, खोयला की आयल बनी लेके कर रहिला। अरे बाप रे, लगने के भैया के पता चल गल गोली चलावटा, हम जाते नहीं, तैयार कर रहिला बेच के।